नहीं, भी नहीं, भी। चार लाइनें आपके लिए लिखी थी जो जागा अंधेरों में उजाला उसी ने पाया है अपनी नाकामियों को भी जो अपने काम लाया है ऊर्जा उड़कर बादलों की ओट से घूंघट उठा छिप गया जो सीप में मोती उसे तू ढूंढला है तमन्ना अगर बड़ी तो सांझ को सूरज दिखा चलते हुए जो रोक ले उस भीड़ से खुद को बचा चोट देकर लहरें भी देती हैं चट्टाने हिला मैं तो एक उम्मीद हूँ तू मुझे रोशन करके दिखा डरता अगर इंसान तो कैसे चांद तक वो पहुँचता हौसले की आग को लगने ना देना तू धुआँ देकर हवा उस आग को अंधेरे को रोशनी दिखा थैंक यू मेरा मूड नहीं आ जा रहे मेरे से अच्छा कर रहे हो आप मतलब बैठ के टाइम पास करते कहा और कुछ और हो जाएगा थोड़ा थोड़ा थोड़ा जो भी मतलब इतना अच्छा आपने खुद लिखा ही है कहीं से मतलब टीपा नहीं खुद लिखते हो क्या मिला था मिल तो गया और कितना लोग है लोग भी तो अगर दुनिया को आपको कुछ मैसेज देना हो, आपको लाखों लोग इस वक्त देख रहे हैं ये मत सोचो तो यहाँ पे पचास साठ लोग बैठे हैं पूरी वर्ल्ड पूरी दुनिया आपको इस वक्त देख रही है लाखों लोग देख रहे हैं तो उनको क्या मैसेज देना चाहते हो जो छोटी छोटी प्रॉब्लम की वजह से हार मान जाते हैं उनको क्या बोलना चाहते हो आपने इतनी प्रॉब्लम पहले ना इंसान को खुद को पाना आना चाहिए अगर आपने खुद को पा लिया ना तो कोई प्रॉब्लम बड़ी नहीं है क्योंकि इंसान की कोई भी प्रॉब्लम उससे बड़ी नहीं हो सकती क्योंकि मुझे ये लगता है कि सारा जो खेल है ना वो दिमाग का है सर अगर हम मानते हैं कि ये चीज़ हमें मतलब मुश्किल लग रही है तो वो मुश्किल हो जाती है फिर हमारे लिए अपना ना हंड्रेड परसेंट दे नहीं पाते उसमें क्योंकि हम पहले से ही मान लेते हैं कि ये तो वही मुश्किल है हमसे हम हो गई नहीं हम कर ही नहीं पाएंगे फिर मैं ये सोचती हूँ जो आपने कहा है सर वही ठीक है नहीं फिर मैं ये सोचती हूँ कि अगर वो सामने वाला कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती क्योंकि उसके पास भी वही हाथ पैर है हमारे पास भी वही है सेम तो फिर सर हम क्यों नहीं कर सकते वेरी नाइस प्लीज